नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सचिन कुमार है और आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी दोस्तों आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट है हमारा 2023 में जो ई रिक्शा चालक और ऑटो चालक हैं उन्हें जो पाँच पाँच हजार रुपये की सहायता राशि है वो किस तरीके से प्राप्त होगी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले गूगल पर जाएंगे गूगल पर जाने के बाद आपको ये साइट खोलनी होगी इस साइट का लिंक जो है मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहाँ पर जैसे ही आप साइट पर आते हैं आपके सामने ये होम पेज खुलकर आएगा इस होम पेज पे जो अप्लाई होना है पाँच पाँच हजार रुपए के लिए वो मैं आपको बता दूं किन किन लोग के लिए होना है ये अप्लाई होगा जो कि थ्री व्हीलर यानी कि ऑटो चालक हैं और दूसरा जो ई रिक्शा चालक हैं वही लोग इसे अप्लाई करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले क्या है कि इसमें आप सबसे पहले ये पढ़ेंगे यहाँ पर आपको जो ये सहायता राशि प्राप्त होगी पाँच रुपए वो वन टाइम होगी सेकेंडरी ऑप्शन आपको इसमें दिखेगा कि आप नीचे आओगे यहाँ पर आपके लिए जो है आधार कार्ड होना कंपलसरी है जो कि आपके बैंक अकाउंट के साथ में लिंक हो तीसरा यहाँ पर आपने देखा है कि आपने अगर इस साल में ₹5,000 प्राप्त कर चुके हैं अपने ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा की सहायता राशि तो आपको ये दोबारा नहीं मिलेगी ये सिर्फ दो में जो फर्स्ट टाइम अभी करेंगे उन्हें ये राशि मिलेगी सबसे पहले आप ये देखेंगे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो थ्री व्हीलर और गैच होल्डर्स हैं यानी कि जिनके पास थ्री व्हीलर है और उनके पास बैच है वो इसे किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं उनके पास जो डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी है वो उनका ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है साथ में उनका जो है बैच नंबर वैलिड बैच नंबर होना जरूरी है उनका एक मोबाइल नंबर लगेगा उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी उनका एजेंडर प्लस आधार कार्ड नंबर ये सारे डॉक्यूमेंट कम्पल्सरी हैं इसके अलावा आपको अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल देनी होगी वो चाहें तो आप अपना बैंक पासबुक लगा सकते हैं जिसके अंदर आपका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दोनों ही मेंशन हो या फिर आप अपना कैंसिल चेक भी इसमें लगा सकते हैं साथ के साथ इसमें जो आप आधार कार्ड लगाएंगे आधार कार्ड की आपकी बहुत साइड कॉपी यानी कि दोनों तरफ की कॉपी होना कंपल्सरी है अब ये बात तो हो गई हमारी ऑटो ऑटो वा, वाले भाइयों की अब हम बात करते हैं ई रिक्शा के जो ई रिक्शा चला रहे हैं वो इसे करने के लिए उन्हें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी सबसे पहले उन्हें अगर आपके पास है या नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ जनडर्थ और आधार कार्ड नंबर जो की पहले वाले में भी था वही चीजें यहाँ पर आपको चाहिए होगी साथ के साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट वही है यानी कि या तो आपके पास आपकी बैंक की पासबुक होनी चाहिए जिसमें आपका अकाउंट नंबर और आई कोड मेंशन हो साथ में आपको अगर वो नहीं है बैंक पासबुक आपके पास तो आपके पास कैंसिल चेक होना चाहिए और आपकी आधार कार्ड की दोनों तरफ की कॉपी और आपको जाके ये यहाँ पर लिंक दिए हुए हैं ऊपर ये पहला लिंक जो है ये ऑटो चालक के लिए दूसरा जो है वो ई रिक्शा चालक के लिए है इन पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अप्लाई करते समय तो आपका ये लास्ट में एक नंबर दे रखा है हेल्पलाइन नंबर वन जीरो सेवन सिक्स आप इस पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेलाइकन को प्रेस कीजिए धन्यवाद